बिजली तो का पानी का कोई दिक्कत नहीं है हम कोई है जितने बोलते हैं सब झूठे हैं सब दलाल है सब वैसे तो हम तो दो साल से खुशी रहते खुशी रह रहे, रहे। साफ सफाई हमारे सब अच्छी है हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है